मैंने फैसला किया है कि अब से मैं तुम्हारा और भी ध्यान रखने वाली हूँ खास करके तुम्हारी मोम के खातिर ताकि उन्हें तुम्हारी ना हो कभी भी थैंक यू सो मच लेकिन तुम तो पहले से ही मेरा बहुत रखते हो। <laughs> बहुत बहुत बहुत ख्याल रखते हो क्यों ना हम हाँ एक शानदार कपल बन जाए हा? <laughs> हा, क्यों नहीं हारुदा सा <laughs> <laughs> तो फिर शुरुआत ऐसे करते हैं कि तुम मुझे कहना बंद कर दो अब से ऐसी क्यों ना हम एक दूसरे को अपने नामों से बुलाये अब तो हमारी शादी हो चुकी है तो अब अम्मी बुला सकते हो तुम मुझे बुलाओ आप बिल्कुल भी नहीं क्या पर क्यों अगर ऑफिस में भी मैंने तुम्हें ऐसे ही बुलाया हमारी शादी का रास् खुल जाएगा हारूद सब ठीक रहेगा अगर तुम बोलोगे नहीं तो चलो अब आमी कह कर बलाओ, मुझे बलाओ? जी नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हारुतासा हारुतासा तुम तुम बहुत मतलबी हो हो ये सब जानबूझकर करते भाई मैं तो तुम्हें माना कह कर ही बुलाऊ नहीं तुम नहीं बुलाओगे तुम थोड़ी झल्ली से हो इसलिए कहीं तुमने मुझे ऑफिस में भी ऐसे ही बुला लिया तो क्यों ना हम सबको बता दें कि हमारी शादी हो चुकी है और <सथ> तुम तो जानते हो ना ऑफिस वाली जो हारुता ऑफिस वाले हिरोशी के ऊपर क्रश है मुझे ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम रोते हुए भी क्यूट लगती हो हारुता पता तो। नहीं आखिर कब तक तुम हमारी शादी को राज बना रखोगे बाय, मैं पहले निकल रहा हूं अपना ध्यान रखना हारता ठीक है तुम भी okay, ओके बाय। लंच तो यही भूल गया मियोरा सहन तो सब तुम्हारे लिए लंच लाई थी <थे>।. कुछ देखो हाँ। हाँ। हाँ। तो क्या मेरे साथ होना क्या हुआ क्या कर रहे हो तुम यहाँ बेचार देखो देखो ये तो मेरा लंच है तुम टेबल पर ही भूल गए थे इसे। तो मैंने सोचा कि इसके साथ एक छोटा सा तोहफा दूंगी तो किसी को शक नहीं होगा हम पर थैंक यू सो मच सभी के लिए काफी है तो लेने से बिल्कुल भी झिझकना नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच चलो हम सब मिलके के मैडूलाइंस खाते आप क्यूट है लेकिन अभी तक सिंगल है मुझे कल के लिए बदला लेना चाहती थी मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया पर दुख इस बात का है की मैं उसके लिए ये सब कुछ खुलकर नहीं कर सकती हूँ शायद मयूरा चाहता ही नहीं है की सबको पता चले कि मैं उसकी बीवी हूँ क्या बात इतनी सी तो नहीं है ना पता नहीं ये पर्सनल डिपार्टमेंट कहाँ होगा पर्सनल डिपार्टमेंट एक फ्लोर नीचे है वाह कितनी खूबसूरत है ये ओ नो मुझसे गलती हो गई क्या मैं यहाँ नहीं हूं इसलिए रास्ता मुझे नहीं पता थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ बिजी होगी ना, पर तुम हो ना। <laughs> नहीं कोई बात नहीं हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए है ना? मेरा नाम मरीना शिनकावा है मैं सेल्स में नहीं हूँ मैं अमी हारुता अकाउंटिंग से। हारुता साहब आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा वक्त ज़्यादा किया न अमी हम अच्छे दोस्त बनेंगे ओ, कितनी ब्यूटीफुल मेरी मानो तो हमेशा उस वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करना क्योंकि वो लिफ्ट वाले मशीन के पास से ज्यादा कॉफ़ी मिलती है। ओके okay, टिप के लिए थैंक्स। <laughs> <laughs> तो ये रही तुम्हारी पर्सनल डिपार्टमेंट। तुमने मेरी बहुत मदद की है मुझे यहाँ के बारे में बताने के लिए थैंक्स अरे ता मुझे तो लगता है की तुम बहुत अच्छी हो क्यूँकी ऑफ सीजन में भी हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हें पोजिशन जो मिल गयी है सच कहूँ तो मैं अपनी पुरानी जॉब में भी सेल्स में ही थी तो यहाँ पर भी वही करना चाहती हूँ है, cool है, सच में ये पसंद आई। और वैसे शायद मैं यहां के सेल्स डिपार्टमेंट में किसी को पहले से जानती हूँ क्या क्या कोई इंसिडेंट है किसी जानती हो क्या तुम तो उसे जानती हो उसका नाम है मीरा Mira... <laughs> मारिना मानाचू। मानाचू। ओहो। हम बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे अभी अभी <laughs> तुम्हें यहाँ पे क्या काम है <laughs> मैंने जॉब चेंज कर लिया है मैं यहाँ सेल्स में काम करने वाली हूँ तो फिर जिस नए एम्प्लॉय की बात हो रही थी वो तुम हो सही कहा अनासु तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा अरे नहीं ये दोनों तो मेरे ख्याल से तुम म्यूरा को पहले से ही जानती हो है ना नावल ये असल में मेरा आ, एक्स है एक्स? एक्स। मैंने कहा ना जब हम पसंद करते थे तो वो करीब पांच साल पुरानी बात है और वैसे भी उसकी शादी हो चुकी है इसलिए तुम्हारे लिए चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है हरदा तुमने उसे मरीना कहकर बुलाया, <laughs> बुलाया था तुमने तुमने उसे मरीना बुलाया था? तो मुझे अभी तक आमी भी नहीं बुलाया है। है? <laughs> इतनी इतनी सी बात? इतनी सी बात? बात मुझे तुम दोनों के बीच कुछ होगा इस बात का शक नहीं है पर तुमने उसे नाम से क्यों बुलाया <laughs> मरीना कह कर बुलाया उसे <laughs> अब समझा तुम इस बात को लेकर अब तक नाराज थे मुझे हो सकती है बताओ मुझे क्यों ना हम बता दे की हम शादी शुदा है हम चाहे कहें चाहे ना कहे उससे हमारा रिश्ता थोड़ी बदल जाएगा तुम सबको नहीं बताना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ माफ करना कुछ नहीं कुछ नहीं गुड नाइट सो जाओ हरुता दास अच्छा हुआ कि तो मुझसे मिल गई ये लो कल ऑफिस दिखाने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट क्या आ, आ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बिल्कुल नहीं अकाउंट डिपार्टमेंट की एक लड़की से सुन लिया था कि तुम्हारा बर्थडे भी है तो ये उसी के लिए प्लीज एक्सेप्ट दिस तुम बहुत अच्छी हो थैंक यू सो मच और हरुदा साम, मैंने, मैंने सुना है कि तुम मनत्सु को चाहती हो क्या ये सच है मैं चाहती हूं। नहीं, नहीं मैं so मैं मैं उसकी बीवी बात नहीं जानती थी। मैं उससे बहुत फ्रेंडली तरीके से पेश आई तो क्योंकि वो मेरा एक्स है तो मैंने उसे नाम से भी बुला लिया को भी इस बात से परेशानी हुई है मुझे टेंशन थी कि तुम्हें कहीं इस बात से बुरा ना लगा हो वैसे अगर तुम मुझसे नाराज हो तो हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ बेशक हम दोस्त बन सकते हैं <laughs> ओ, तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ <laughs> तो फिर ठीक है हम मिलकर मेहनत करेंगे <laughs> <laughs> <laughs> क्या बात है? ये तो चमकती भी है आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा इसलिए तुम पहले ही चली जाना गे? समझ गई। आज के शातिर हमले में थके हुए मानसू के लिए थोड़ा प्यार शिंकावा भी कुछ ऐसा ही भेजती होगी शायद उसे अगर उसकी शादी शिंकावा से हुई होती तो तो क्या वो सबको बता देता कि वो उसकी बीवी है आप या क्या कर रहे हो ऐसा कुछ खास नहीं शॉपिंग करने आया था पर लगता है आजकल तुम्हारी शॉपिंग जोरों पे है नहीं ऐसा कुछ नहीं है थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करनी पड़ती है बस बहुत हुआ तुम्हें उसे बता देना चाहिए देखकर लग रहा था वो थोड़ी परेशान है आप अगर ये बात मुझे याद नहीं दिलाते तो भी सब कुछ सही चलता रहेगा जैसा तुम ठीक समझो और मुसीबतें सच कहती हूँ तुम बहुत कुछ समझ जाते हो शायद तुम जिसे सच में समझना चाहती हो वो समझता नहीं है सच कहा तुमने शायद? सेम प्रॉब्लम है। मैं जिसे समझना चाहती हूँ मुझे आज तक मिला ही नहीं है? कभी कभी अपनी चाहत जाहिर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि तुम मुझे चाहते जो हो अरे, इतनी जल्दी जाग गई हाँ, मैं बस निकल ही रही थी कल का मैसेज तुमने डिलीट कर दिया था उसकी वजह जान सकता हूँ मुझे नहीं लगता अभी ये बताना ठीक होगा नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तुम टेंशन मत लो ठीक है बाय <laughs> तुदासा? एक मिनट के लिए आओगी? हाय, सेल्स में कोई है तो तो बहुत क्यूट लगती हो, तो क्या तुम तो मुझसे मिलोगी? हा? अब माफ करना, ब, मैं अचानक से तुमसे ये बात कर रही हूँ जबकि मैं जानती हूँ कि तुम मना को पसंद करती हो पर उससे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? सच, ये बात तो मैंने पहली बार सुनी है। सच में? बात इसलिए तो हमारा ब्रेकअप भी हो गया था मैं जानती हूँ बहुत अजीब है पर मेरे ख्याल से तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ प्यार करना चाहिए जिसकी कोई प्लानिंग हो। अ ओके थैंक यू सो मच। पर मैं मनासु ऐसी भी बेहतर मिलेगा हाँ, शायद मेरे लिए मयूरा से भी बेहतर कोई होगा के कोई है जो अभी यही मौजूद है इसीलिए मैंने किसी और मर्द से मत मिलाई ये तुम क्या कह रहे हो अगर तुम शादी करना ही नहीं चाहते तो हरुतासांग की फीलिंग के साथ ऐसे खेलो मत और मैं हम शादीशुदा हैं हाँ, हाँ, क्या क्या क्या क्या ये कह रहे हो तुम हमारे कुछ पर्सनल रीजंस थे ऐसा करने के पीछे मैं बताने में डिले करने के लिए माफ करना क्या ये सच है बताओ uh, uh, uh. Uh, guys, सुना? हमारी इंस्टेंट शादी को लेकर प्लीज हमारा सपोर्ट करिए। ओह, करिएशन अनसु के साथ शादी का बोल रहे हो बहुत-बहुत शुभकामनाएं तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो सही कहा तुम हर चीज में अपनी जान लगा देती हो इसीलिए तुमसे प्यार हो गया तो एक और अब ये लगता लगा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश है बी की शादी हो चुकी है ग्रैचुलेशंस कैसे थोड़ा कर मैं संभाल कर थैंक यू सो मच आज ऑफिस में जो कुछ हुआ मैं तो हैरान ही हो गई वैसे तो मैं सबको प्लान करके बताना चाहता था लेकिन जैसे ही शिंका ने कहा वो तुम्हें लड़कों से मिलवाना चाहती है तो, तुम्हें यकीन है सबको बताना ठीक रहेगा वो असल में तुम इतनी क्यूट हो इस वजह से मैं सबको हमारे बारे में बताने में डिले करता रहा लेकिन इस बात से तुम इतना परेशान हो गई मुझे पता नहीं था आई एम सॉरी नहीं बोला इसलिए गलती मेकअप करने के लिए आज मेरे साथ घूमने चलोगी <laughs> के लिए मेरा ये सब पसंद होना ठीक तो है ना हा? ये सब तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर है ना? मुझे हमेशा लगा कि तुम सिर्फ मेरे लिए ये करते हुए आए हो, पर अगर कोई शिनका जैसी होती तो तुम्हें बदलना नहीं पड़ता इस तरह से तुम चाहती क्या हो ये एकदम साफ साफ बता देना तुम्हारी अच्छी खासियतों में से एक है अभी इतनी खुशी देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा कुछ बार बार करते रहना चाहिए तुम इकलौती हो जिसने पहली बार मुझे ऐसा फील करवाया है तुम इतने अच्छे क्यों हो? बताओ मुझे तुम्हें पसंद करता हूं इसलिए हो सकता है मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें पसंद है और तुम्हें मैं पसंद करता हूं इसे प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है मयूरा को मैं जैसी हूं वैसी पसंद हूं मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूं। <laughs> आ, आजकल तुम्हारी शातिर हरकतें कम देखने को मिल रही हैं। अगर पहले की बात करें तो अब तक ढेर सारी सेल्फीज भेज दी होती मैंने सोचा मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर बैठी हूं पता नहीं जैसी शातिर तुम हो बस वैसे ही रहो आमी जिस तरह तुम मेरे लिए शातिर प्लान बनाती रहती हो वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, सच कह रहे हो तो मैं जिंदगी भर शातिर बनकर रहूंगी अगर तुम तो मुझे हमेशा अमी कहकर बुलाओगे ठीक है मना हाँ बिल्कुल <laughs> <laughs> क्यों ना हम किस करते हुए ठीक बारह बजे फोटो क्लिक करे नहीं बिल्कुल नहीं रुको क्यों तो तो मैंने तो कुछ घंटे पहले कहा कि तुम्हें मेरे प्लान प्लान से से कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कुछ प्लान से दिक्कत नहीं होती है लेकिन कुछ प्लान से होती भी है मैं एक अच्छी में मेरी बन जाती मैं तो चाहती हूँ नाम चाहती हूँ मैं चाहती हूँ Amitcha many many happy returns of the day I love you chalo ab chal se chal hame mere ghar jana chahiye tumhe apni mom se milwana chahta hu ma और उस दिन हम ऑफिशियली एक शादीशुदा कपल बन गए उसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे बर्थडे गिफ्ट्स दिए हमेशा प्रोटेक्शन खत्म हो गई या नहीं कर सकता क्या पर हमारी तो शादी हो चुकी है ना बच्चा हो जाएगा तो तुम